ये कहावत तो सुनी होगी कर लो दुनिया मुठ्ठी लेकिन आज ये बात सच हो गई है एक क्लिक करते ही दुनिया भर की सारी जानकारी हमारे मोबाइल के अंदर शो करने लगती है लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना समय लगा तो पूरी जानकारी देंगे तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए देखिए आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं जहाँ आरोप तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आज यहाँ तक पहुँचाने में यानी दो में पूरे पचास साल हो गए वैसे आपको ये बात पता थी कॉमेंट करके जरूर बताना